दिल के दरिया में धड़कन की कश्ती है दिल के दरिया में धड़कन की कश्ती है ख्वाबों की दुनिया में यादों की बस्ती है मोहब्बत के बाजार में चाहत का सौदा है मोहब्बत के बाजार में चाहत का सौदा है वफा की कीमत तो बेवफाई सस्ती है वो सुना रहे थे अपनी वफाओं के किस्से वो सुना रहे थे अपनी वफाओं के किस्से हम पर नजर पड़ी तो खामोश हो गए दिल क्या मिलाओगे कि हमें क्या हो गया दिल क्या मिलाओगे कि हमें क्या हो गया तुमसे तो खाक भी मिलाया ना जाएगा